आप सबको पीके मूवी याद होगी उसमें आमिर खान ने एक वर्ड बताया था जिसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है अच्छा अच्छा जैसे कि उसने बताया था ऐसे मुंडे हिला ला के बोलो अच्छा अच्छा मतबल सब ठीक है अच्छा दूसरा बताया था कि आंखें बड़ी करके बोलो अच्छा मतलब साख माह है अच्छा हाँ अच्छा तीसरा बताया था गुस्से अच्छा। में अच्छा हमको सिखा दिया है अच्छा ऐसे बताया था मतलब कि जब और जब सदमे में है और कुछ सोच रहा है अच्छा अच्छा ऐसे ही मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा भोसड़ी के अच्छा ये कोई मामूली वर्ड नहीं है इसके बिना कई सारे शब्द कई लाइनें बहुत कुछ अधूरा है दोस्त की दोस्त से बात नहीं हो पाती है मतलब बहुत कुछ अधूरा है इसके बिना मैं बताऊंगा कैसे नोट्स बनाइए मैंने सब आपको दिखा के बताता हूँ गुस्से में चल बा के पहला हो गया दूसरा जब निराशा में हो आप, आपको मतलब बहुत उदास हो सब है के। सब हैं के, के के। तीसरा, जब आप किसी को कुछ एक्सेप्ट कर लेते के। में से क्या बार बार है, हो गया। अभी और भी है अब डर में है समझ लो क्या होगा आपको डर में अब क्या होगा भोसडी के डर रहे दुख दुख में बहुत दुख है आपके ऊपर गांड गांड फट फट गई गई भोसड़ी भोसड़ी के यार। के यार अभी सदमे में या फिर ऐसा कुछ हो गया है आपके साथ कुछ कांड कर दिया आपने अरे आपका भोसड़ी के भोसडी के और ये एक वर्ड भोसड़ी के जब दो दोस्त बैठ के तीन चार पांच दोस्त बैठ के पीते हैं औुआ अच्छा। उसमें से एक दोस्त अपनी गांड मराए भोसड़ी का गांड मराए तो बाकी क्या बोलते हैं अबे पियो बे भोसड़ी के पियो बे भोसडी के समझ रहे हो कई जगह तो ये मतलब बहुत अहम भूमिका में है भूमिका किरदार